हाय नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा देसी डोग होता है जो हमारे घर के बाहर डॉग बैठे रहते हैं उनकी जानकारी उन डॉग को कई लोगों को पता है पर कई बार हमारे मान लो अब ये दस डोग है इसके अंदर डॉग कह दो तो हमको तो पता नहीं चलता तो तो पे और का करती मैं आपको। तो दोस्तों तो है उसको दबा दो और एक घंटा है उसको दबा दो चैनल को स्क्राइब कर दो तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं तो दोस्तों एक स्टेट डोग है ये मेरा ही है और आप देख सकते हैं ये एक इधर बैठा है दो एक उधर है दो एक और है तो तो मेरे पास चीज़ हो गये। तो दोस्तों कौन सा भी गिरो उसमें एक जरूर रखना चाहिए देशी दो। तो दोस्तों आपको आप जानकारी बताओ इनके आप ये पंजा देख सकते हैं ये वैसे, वैसे वैसे बड़ा होगा इसका पंजा चौड़ा होता जाएगा देसी डो का ये पंजा बड़ा होता है आप देख लीजिए नो तो देसी डो का बड़ा होता है पंजा और तो आप ये देख सकते हैं ये बड़ा बदमाश है लोग अब देखना ये देखो बड़ा बदमाश है तो दोस्तों और देश के कान नीचे की तरफ होते हैं कौन सा होता है जो ऐसे अपने कान मतलब कान अपने खड़े कर लेता है और इनका मुंह होता है जो छोटा सा होता है और इनकी नोज होती है मतलब नाक वो होती है काले रंग की और इनकी आँख हमेशा छोटी होती है इतनी होगी ये बड़ा होगी तब ये इनका देख सकते हैं आपकी और इनके ये पूछ होती है ये कोई सीधी दिखता है और कोई मोड़े तो इसकी सीधी आप देख सकते हैं और इनके बाल होते हैं इनके बालों का कवर छोटा ही होता है ये देखिए आप में नहीं आ रही हैं इतने छोटे चोड़ छोटे हैं ऐसे रह कटिंग की गई है दोस्तों आप ये देख सकते हैं स्टील डोग है बड़ा अच्छा और क्वालिटी का डोग है और देखिए ये देख सकते हैं मेल है ये डॉग है और दोस्तों ये बड़े इनको हम न सके जर्मन शाफा डोग उनसे अच्छे होते हैं ये इनके दोस्तों वैक्सीनेसन कोई भी नहीं करवा नहीं पड़ती पर इनके कोई तो बीमारी ना है, वो वैक्सीनेसन करवानी पड़ती है और एक चिंतट वगैरह नहीं लग जाएंगे हमारे मारवाड़ी में गाय वगैरह लगती है तो दोस्तों देसी डोग को हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं पुलिस ट्रेनिंग की कोई भी चीजें सिखा दो ये कभी भी नहीं बोलते तो दोस्तों ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो सब्सक्राइब करना लाइक करना मत भूलना ऊपर तो से बंद कर दो कैमरा